क्या आप अपने टूटते झड़ते बालों और डेंडर से परेशान हैं? तो अब चिंता की कोई बात नहीं एक्सल हर्बल रेड अनियन शैम्पू आपकी सभी समस्या को खत्म कर देगा अनियन आमला आलमंड जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से बना 100% नेचुरल रेड अनियन शैम्पू जो आपके बालों को अंदर से नरिश कर दे प्राकृतिक पोषण और बालों को बनाए जड़ों से मजबूत दिलाए हेयर फॉल से मुक्ति करे हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद इसके अलावा बालों को पतला होने टूटने और दो मुहे बालों जैसी सभी समस्याओं को करे जड़ से खत्म इस्तेमाल करे हफ्ते में दो से तीन बार और बनाए अपने बालों को खूबसूरत चमकदार और मुलायम 100% नेचुरल एक्सल हर्बल रेड अनियन शैम्पू अब अपने बालों को दे खुलकर आजादी अवेलेबल ऑन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट